जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो उसको पेपर एक रंग का दे चाहे दो रंग का चाहे तीन रंग का दे हो, इसका भाग्य जन्मेगा लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है मतलब तैयारी की है ना अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा वो तूफान मचाएगा सारी दुनिया जब सचिन के ऊपर लगाती थी उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था वो तैयारी छकों से जवाब देता था उस दिन तैयारी को अवसर मिलता था और भाग्य का जन्म होता था इसलिए पूरे विश्व ने उन लोगों को भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए जबकि विज्ञान कह रही है अगर ऐसे भाग्य से कामयाब होते तो कोई भी हो जाता वो है भाग्यशाली जिसने जिंदगी में तैयारियां की हो और जिस दिन अवसर आया हो उस दिन मौके पे चौका लगाया हो तैयारी करनी होगी